नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल पर कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जाड़े का मज़ा ले रहे होंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो में ना मजा आए तो पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो में भी मजा आए तो पैसा वापस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद फिर भी हम यहाँ पे बंदा कूदते हैं उनको एक दो गोलियाँ छुआ देते हैं आप लोग को दिखा नहीं रोगा लेकिन हम एक दो गोलियाँ छुआ देते हैं उसको फिर हम यहाँ पे लूट उठ करके सीधा कुछ पा मारते हैं तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक तो हम यहाँ पे पहले हेल्थ किट उठा ले क्योंकि हेल्थ किट नहीं होगी तो हमारे पास हेल्थ नहीं होगी आप लोग समझ ही सकते हो कि आप लोग बहुत ही पबजी खेलते हो आजकल हम ज़्यादा खेलते नहीं पाते वीडियो भी नहीं बना पाते तो कोई लोग इसको पहले टारगेट बनाते फिर खेल देते हैं पूरा पेलते हैं फिर बाद में इस बंदे को लूटते हैं तो ये बोट जा रहा है इसको हमसे मतलब नहीं है हमको रियल बंदे से मतलब है क्योंकि हमारी आधी यही तो पता नहीं कौन खा गया था यहाँ पे भूत आया था और सारे को मारने मारा मतलब जिसको मैं देखता था उसको मार देता था यहाँ पे बंदा तो मैं कोई नहीं मैं टारगेट बनाता हूँ सीधे भूत को तो मैं पहले मारता हूँ बंदों को फिर बताता हूँ फिर तो आगे हम बातचीत करते हैं तो बंदे बहुत आए तो पल प्लाजे में आप लोग को दिख नहीं लेंगे लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं और इस बंदे बंद बहुत क्योंकि हवा हवाई में शॉर्ट गन चला के सबका डैमज देता था ये मेडिकट पता नहीं लेपटॉप क्या क्या हुआ उसमें लिख थी इंजेक्शन वक्शन लगा के रखा था लेपटॉप तो हम कहे हमको ही दे दो लेपटॉप ज़्यादा काम आ जाएगा पूरी हेल्थ फूल पूर कर फिर हम डायरेक्ट लेट जाते हैं फिर उस बंदे को मुझे ऐसे ही देखते हैं कि पता नहीं कोई बंदा दूर से मार देता है देख हम हमारे मतलब वो उसको नहीं देखते दूसरे वालों को देखता था जो हम लोग मारेगा उस टाइम आपको पहले इस बंदे को मारते हैं कि बंदा बहुत सारे आए थे आप लोग समझ सकते हैं तो उसको हम टारेट बना के फेल और आप लोग समझ सकते होगे गे क्योंकि तो आप लोग जिस तरह हम मार रहे हैं उस तरह ये डैमो बन के आता है तो आप लोग समझते हो गए आपके बन के आ रहा हूँ लेकिन हमें एडिटिंग के बहुत प्रो हैं एडिटिंग के उसलिए डेमो बन के आता है तो इस बंद बोर्ड को पहलते हैं तो बंदा आपको लग रहा हो तो हम लोग बोर्ड को पहलते हैं पूरा पहन लेंगे क्योंकि ज़्यादा हानिकारक हो सकता है इसलिए पूरा पहलते हैं तो फिर इसकी लूट उट करते हैं और यहाँ पे हमारे किल हो जाते हैं छः और बंदे बचते हैं थर्टी टू आप बच्चे हैं थर्टी वन तो कोई बात नहीं हम बंदों को बढ़ाएँगे और बंदों को ज़्यादातर मतलब बंदों को घटाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा पहलेंगे तो आप देखते रहिए लास्ट तक और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पक करो तो इसमें नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और भाई आप लोग पूरा देखिए करो वीडियो वरना मेरी वर्ष टाइम चाहिए तो यहाँ पर हम पहले इस बंदूक को फेलते हैं इस बंदूक खेलते हैं तो बहुत लोग होते हैं यहाँ तो पे क्योंकि हमारे यहाँ पे किल हो जाते हैं नौ दस ग्यारह तो आप हम सी सकते हो क्योंकि आप लोग पहनते ही वो तो मैं इस पहले इस बंदे को पेलता हूँ इसकी लूट उट करता हूँ तो इसके में थी मिनी एंड एम पीना तो उससे हम हमसे मतलब नहीं बेवा से हमारे पास क्योंकि तो है कैम एंड गेस्टोल्व के तो ये हमारे पास होना ही चाहिए गैस टोल्व के लेना बहुत अच्छी बात है कि आजकल बहुत गेस्ट के चल गए है और फिर हम बंदे को बैठाते हैं अपने तछोर को फिर हम यहाँ से निकल देते हैं वो ड्रॉप पे जैसे ही जाते हैं कि हम पर तो बहुत ही गाड़ी वाड़ी दगी पड़ती हैं तो क्योंकि गाड़ी दगना ही था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फाइट हुई थी दगड़ी वाली हैं तो तो तो सकते बग्गी लोग यहाँ पे आए इस बंदे को बहुत बुरा मारती तो तो तो तो है जो मार्ग समझते यहाँ पर हमको लाइक मिल जाना चाहिए चार सौ एंड सब्सक्राइब भी मिल जाना चाहिए तो कोई बात नहीं मैं बढ़ाऊंगा अपने सब्सक्राइब आप लोग को मेहनत करके वीडियो डालूंगा एंड सब्सक्राइब बढ़ाऊँगा यहाँ पे किलो हो जाते हैं मेरे आठ और बंदे बचते हैं ग्यारह तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ विलेज मतलब हाँ विलेज विलेज के पास फ्लेट चलाई थी तो ने तो हमने कहा बिना गोसा के परमिशन के यहाँ कोई फ्लेट नहीं चला सकता और जो फ्लेट चलाएगा वो मुझको लूट देगा तो मैं यहाँ पे यम के उठाता हूँ बंदों लोगों ने डर के मुझको लूट देते थे इसलिए मैं यम के उठाता हूँ और फिर एक बंदे को डैमेज देता हूँ डेमेज तो देना बहुत ही अच्छी बात है तो कोई बात नहीं मैं अभी एक्शन दिखाऊँ कि क्या तो कभी विवा किए फिर इसको थोड़ा सा डेती थी फिर हमारा आप लोग समझ सकते हो क्योंकि जब फोन आता है लेक करता है तो आप लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं तो इस बंदे को मारते हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन आ जाता था फिर इस गाड़ी आ जाती है तो कोई बात नहीं रंग बिरंगी गाड़ी लेकर आया है मेट ले कर रहा है फिर भी मेरे आपके मतलब कष्ट करके वीडियो बनाते हैं तो ये बंदा भाग जाता है तो और मैं यहाँ पर एम और ए केम ले कर के सिग्नल चलाता हूँ ये मतलब सिंगल पे बहुत अच्छी चलती है फिर में चला नहीं पाता यहाँ पे हमारे में आ जाता है फ़ोन फिर भी हमारा लेक कर जाता है उसके बाद हमें सही हो जाता है फिर हमारे यहाँ पे किलो हो जाते हैं नौ और बंद बजते हैं छ तो आप लोग समझ सकते हो कि बंद छः किल नौ तो मैं इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाऊँगा तो मैं ड्राफ लूटता हूँ उसमें भी यम होती तो मेरे बहुत ही गुस्सा आते क्योंकि डब्ल्यू पूरी मैच में नहीं मिली कोई बन नहीं फिर बंदे को पहलते जो लेट हो जाता है तो पूरा पहलते हैं उसको यहाँ पर किलो जाते हैं हमारे दस सौ बंदे बसते हैं पाँच ये पाँच सौ बंदे मेरे नाम जबे कर देंगे इनको ईद में इनको पकड़ के काट देंगे तो कोई बन नहीं पत काटेंगे नहीं बस देखते रहिए इनको हम मुर्गा बनाएंगे कोई बता यहाँ पर मन पे आ को मैंने इस बंदे पूरा पीलते इतना डैमेज दिया फिर भी ये इतना डैमेज खा के हमने कहा कि नीचे जाओगे तो बिल्कुल नहीं बचोगे तो इसको पूरा पीलते तो यहाँ पे किल हो जाते हैं हमारे 11 तो 11 किल होने के बाद चार बंदे और बचते हैं क्योंकि सारे बंदे मेरे नाम से इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारे टीम बहुत ही गुस्से में उस पर मार देता है तो वो वो भी पूरा फुल फपरा के इनको पूरा डस ही लेता है तो हम कहते हैं हम फफेरा हैं क्योंकि बहुत कर रहे हैं हम पीलते हैं तो आप लोग सभी सकते होगे सफेरा फपड़ा को बड़े कायदे से पेलता है तो कोई बात नहीं पहले हम इन बंद को पेलते हैं फिर हम फपरा को पेलते हैं तो कोई बार नहीं जल्दी से ही लगाता है मैंकल जो फिर बताया कि मैं जीने पर बैठूँगा बंदे को रूपेल का सवाल है जो मुझको ना किया तो मैंने कहा वो अभी व्यस्त नहीं किया है वो वहीं पे है और दूसरा बंदा आया है तो यहाँ पे हम दो लोग थे वो भी वो अकेला था वो दोनों अकेले अकेले थे मतलब दूसरी टीम के अकेले अकेले थे तो लास्ट बंदा बहुत ही हैरानी निकल जाता है क्योंकि बहुत प्रो निकल जाता है तो उससे हम नहीं मतलब क्योंकि हम जो हमारे गिलचोर को बेची हुए टनगा रहा है इससे मतलब है उनको तो फिर हम एम के एक गोली नहीं छुआ पाते पूरा ठोक देते हैं अंदर का अंदर के इनके मुंह में भर देते हैं एम के की गोली और यहां पे बेल आइकन को ऑल पर सेट करके हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा ओके तो दो जो लाल है सब्सक्राइब का बटन वो काला जरूर हो जाना चाहिए वरना लाल चीज बहुत ही भैसे को जानते हो और लाल चीज़ को अच्छी नहीं होती लगती है सब तो काली चीज़ अच्छी लगती है समझते तो हुए और भाई इस तरह हमने इसको कायदे से उनकी की गोली बरसाई है क्योंकि डेढ़ सौ सात लग गई है फिर भी ये हमारी पबजी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं हमने डेढ़ सौ सात तो के मुँह पर मारी फिर भी वो लोग मरा ही नहीं कोई बात नहीं हमारे तिलचोट जी इतना लूटते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं वो तो अभी घर में ही है और हम उनसे जब कहते हैं आओ तो पी पिल जाते हैं तो क्योंकि जून से पिलना ही था कि इतना लूटते हैं जब मेरी तरफ आते हैं तो बंदा पील देता है तो बहुत अच्छी बात है तो हम लोग बहुत ही बुरा पिलेंगे तो कोई बात नहीं हम फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने की डर के आगे जीव है माउंटेन डिपी के आगे और फिर भाई मेरी 500-600 गोली मार रहा हूँ उसको फिर एक भी गोली क्यों बता रहा है? नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं इसकी ऐसी क्यों ऐसी पूरा गिनेट इसके मुंह पे मारेंगे इसका मुंह साले का फट जाएगा तो अब देखते रहिए इसके मुंह पे मारा गिनेट वन टू तो थ्री चिकन डिनर आप लोग लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए सर ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग डंग से रहिएगा और प्यारा सा दिल कमेंट में देख लीजिएगा और आज के लिए कितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाई